छतरपुर में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक में सियासी जंग जारी है हाल ही में कांग्रेस से वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित ने पूर्व विधायक के खिलाफ बयान दिया जिसके बाद पूर्व विधायक के समर्थकों ने कांग्रेस विधायक के विकास के दावों की पोल खोलने शुरू कर दी छतरपुर में कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित को पूर्व बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह के गृह गाँव में उनके खिलाफ बोलना भारी पड़ गया पूर्व विधायक के समर्थकों ने कांग्रेस विधायक के चार साल के विकास की पोल खोलनी शुरू कर दी है समर्थकों ने कहा कांग्रेस विधायक ने अलीपुरा पंचायत में काम का वादा किया था लेकिन वो वादा करके विकास का कर न भूल गए इस बात को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व बीजेपी विधायक के समर्थकों में जमकर नोकझोंक भी हुई वी। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है बताया जा रहा है की इस नोकझोंक के बाद कांग्रेस विधायक कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे नीरज दीक्षित छतरपुर की महाराजपुर सीट से विधायक हैं। अलीपुरा की कछु समस्याएं है, तो हैं। आपने विधायक बनने के बाद कछु घोषणाएं भी करी थी अलीपुरा बाजार में बैठ के एक तो अलीपुरा की ग्राम पंचायत की कब्रस्त के लाने आपने बाउंड्री की बात करी थी चार साल हो गए अब एक साल बची अब देखो का, का नहीं हो वो तो ठीक है बाकी चार साल हो दे गए अब तक और बंसी वाले मंदिर के लाने आपने बाउंड्री के लाने गई थी बाउंड्री भी आपके द्वारा नहीं बनवाई गई वह बाउंड्री हमारे परिवार के द्वारा बनवाई गई उसमें गांव के हर व्यक्ति का योगदान था उसमें पचास हजार रुपए का चंदा हमने स्वयं दिया था और हमारे छोटे भाई ने उसमें रात दिन मेहनत करके पूरी बाउंड्री बंसी वाले मंदिर की बनवाई और आज मंदिर का जीड़ उतार करवाया उसकी पुताई उसकी रंगरो सब कुछ करवाई आज मंदिर की आप जाके देख लो कितना सुंदर मंदिर बन गया है। उसमें हमारे पूर्व विधायक मानव जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है रही बात अलीपुरा के कामों के बारे में हम क्षेत्र की बात नहीं करते आज अलीपुरा ग्राम पंचायत में चूंकि आपका आगमन हुआ है तो हम अलीपुरा ग्राम पंचायत की बात करेंगे आपने क्षेत्र में क्या काम किए क्या नहीं किए वो जनता बताएगी बाकी चार सालों में आपने एक भी काम अगर ग्राम पंचायत अलीपुरा में किया हो तो वो बताए आप अभी और अगर हमारी बात अगर सहमत हो तो ताली बजा दे सकते हो पंद्रह साल से कीने करोगे तो हाँ।। पंद्रह साल से साल से अलीपुरा में पंद्रह सालों का एहसास नहीं हम साठ सालों का साल में। तो, नहीं हम में कभी भैया हेलो हेलो से एहसास है का नहीं है भैया मैं सुन रहे मोल ली तो सबका अधिकार है बोल रहे तो ठीक है ना इसके पहले भी सब को आवाद विवाद वाली को बात ही नहीं है हमने बात कही हम तो सब लोगों से को यार मत बोलो बोलने आज हम आज हम खुद कबूल कर रहे तीन साल में हमने नहीं लगाई